वेलकम टू आईटीआई टेक्निकल चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक अप्रेंटिस शिप की जानकारी लेकर के आया हुआ हूं, जो कि मारुति सूचकी में निकली हुई है अब मैं इसका पूरा प्रोसीजर्स आपको बताने जा रहा हूं कि आपको किस तरह से अप्लाई करना है इसके लिए आपको मैं डिस्क्रिप्स में नीचे लिंक दे दूँगा जिसके द्वारा आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं अब देखिए लिंक पर क्लिक करते ही आपको इस तरीके का पेज ओपन होगा अप्रेंटिसिप इंगेजमेंट मारुति सुचकी इंडिया लिमिटेड एलिजिलिटी क्राइटेरिया 18 से 23 साल तक मतलब इसमें 18 से 23 साल तक वाले एज वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं क्वालिफिकेशन आईटीआई पास आउट गवर्नमेंट आईटीआई ओनली इसमें सिर्फ गवर्नमेंट आईटीआई से पास कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं प्राइवेट कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं ITI टी आई काउंसिलिंग एस दोनों कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं इम्पॉर्टेंट नोटिस लास्ट डेट 15 मार्च 2022 इसकी अंतिम तिथि 15 मार्च 2022 है सिलेक्शन प्रोसीजर्स क्या है ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा कलर ब्लाइंड कलर ब्लाइंड कैंडिडेट आर नॉट अलाउड जिन कैंडिडेट्स को कलर ब्लाइंड की प्रॉब्लम है ऐसे कैंडिडेट इसमें फॉर्म में अप्लाई ना करें रजिस्ट्रेशन Provide the primary email registration, प्रोवाइड द प्राइमरी ई मेल रजिस्ट्रेशन वेलिडिट ई मेल कोड सेंड बी ऑन ई मेल फिल द रिले डिटेल द प्रिफ्रेंस प्लीज एनी एट एनीट इफ फाउंड कैंडिडेट हैज़ नॉट द एड टू एब देंट टू वीलोमेटिक डिसकॉलीफिकेशन आल वेरी best. अब हमें करना क्या है इसका procedure तीन स्टेप में form को fill करना है फ़र्स्ट स्टेप में क्या है आपको ईमेल आईडी आई डाल के सबमिट करना है जैसे ही आप सबमिट करेंगे इसके बाद में आपका फॉर्म यहाँ पे खुल जाएगा आपको पर्सनल डिटेल यहाँ पे फिल करनी होगी उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है इसके बाद में फाइनल सबमिट करना है इसके बाद में जब भी आपका सिलेक्शन लिया जाएगा आपके पास में मोबाइल्स और मेल के द्वारा मैसेज आएगा कि आपको किस डेट में आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा आपको सारी जानकारी आपके मोबाइल्स के माध्यम से और मेल के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाती हैं अब ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें लाइक करें और सब्सक्राइब करें इस तरह की लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए सबसे पहले मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो